जय हिंद सभी साथियों को आज हम आपको बताने वाले हैं कंक्रीट लिफ्ट मिक्सचर मशीन के बारे में जो हमने तैयार किए अपने हाथ से अपनी फैक्ट्री में और ये मशीन हमारी तैयार हो चुकी है पूरी तरीके से और ये आ, जानी है इसके लिए हमने इसको पहले टेस्ट कर लिया पेंट होने से पहले तो कहीं पर बेल्डिंग वुल्डिंग रह गई या कहीं बोल्ट नट बोल्ट कसना रह गए तो बाद में फिर पेंट होने के बाद अच्छा नहीं लगता निशान पड़ जाते हैं तो इसलिए पेंट से पहले ही पहले हमने इसको चेक कर लिया टेस्ट कर लिया और थोड़ी मस्ती मजाक भी की एक हमारे आरी भाई करके हैं वो बोल रहे थे भाई मुझे झूला खाना है इसमें तो मैं बोला आपको झूला खाना कोई बात नहीं आपको झूला भी चलो पहले छोटू को झूला खिलाते हैं अपना छोटू बैठ गया बुगिट में और छोटू ऊपर गया ऊपर से नीचे आ रहा है पर इस तरीके से भाई आप लोग बिल्कुल भी मत करना क्योंकि ये डेंजरस हो सकता है हम तो चलो मशीन बनाते हैं और उसको चलाते हैं हमको तो इसकी रग रखा मालूम है बाकी बहुत सारे लोगों को इसकी जानकारी होगी जो अच्छे ऑपरेटर होंगे चला लेते होंगे वो किसी भी आदमी को ऊपर नीचे ले जा सकते हैं ला सकते हैं पर जो नया बंदा है वो तो बिल्कुल भाई इस तरीके से बिल्कुल भी ना करें क्योंकि ये हमारा काम है और इस काम के हम माहिर हैं और हम इसको जानते हैं कि कितना ऊपर ले जाना है कितना बेड ऊपर से लाना है तो भाई लोगों आप ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करना क्योंकि आज लाइट नहीं है लाइट का कट लगा है हम बढ़िया आएगा और बढ़िया के मारे कर रहे हैं और काय के का तुम्हारे आते होता भाग गई यार, बगाई यार। <laughs> कितने मंगाई <laughs> तुम्हारी एंट्री हुई और लैट गई <laughs> प्रधान मतराओं दिया? दिया। चला जा नीचे। है अच्छा सारे अरे सही सही से संभाल गए तुम्हारा निशाना ही नहीं है निशाना ही नहीं है इनका निशाना ही नहीं है यार चलो भाई लोगों अब ना आरे भाई को अब बिठा लिया है बोगिट के फ्रेम पर अरिफ भाई जा रहे हैं ऊपर और ऊपर जाके ये मज़े लेंगे ऊपर के देखो ये जाने लगे ऊपर भाई लोगों आप लोगों में से कोई भी ऐसा मत करना ये डेंजरस हो सकता है मैंने पहले भी कहा था और अभी भी कह रहा हूँ क्योंकि मैं इस मशीन को बनाता हूँ मैं इस मशीन को अच्छे से वाफिक हूँ क्योंकि मैं इस मशीन का माहिर हूँ तो मैं ऐसा कर सकता हूँ वो भी लाइट नहीं है इसकी वजह हम लोग खाली हैं तो थोड़ी मस्ती मजाक कर रहे हैं आप लोग बिल्कुल भी ऐसा ना करना ये खतरा हो सकता है ये ख़तरनाक है ख़तरा हो नहीं सकता है ठीक है बाकी हमारा काम है सिर्फ मशीन चेक करना थी मशीन चलाना थी ये मशीन जानी है कल जानी है या परसों जानी है ये तो मेरे को नहीं मालूम उसका पेंट होना है पर ये मशीन जाने वाली है इसलिए हमें इसको चेक करके देखना बहुत ज़रूरी था और हमने कर लिया चेक भाई माने इससे ऊपर नीचे करा हस्से दे कर क्यों कर रहे झूले खाते रेल